दोस्तों इंडिया ट्रैवल वीडियोस चैनल पर आप सभी का स्वागत है आज हम तुम्हें ले चलते हैं मध्ययुगीन सबसे ताकतवर और रहस्यमय किले दौलतबाद यानी के, दौलत के देवगिरी किले पर मैं हूं जयंत विलायतकर और मेरे साथ है अरविंद चौहान ये किला महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद शहर से 17 किलोमीटर की दूरी पर है औरंगाबाद से वेरुड़ यानी के एलोरा केव जाने के रास्ते में ही ये किला है ये किला दौलताबाद नाम के गांव में है इस गांव का का नाम शताब्दी में देवगिरी देवगिरी था। था। यादव की राजधानी का नगर हुआ करता था। इस किले का पर यादव खिलजी तुगलक और मुगल शासकों ने राज किया यहाँ भारतवासियों के लिए पच्चीस रुपए तथा विदेशियों के लिए तीन सौ रुपए का प्रवेश शुल्क है किले में सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक प्रवेश दिया जाता है सबसे पहले हमें महाकोट दरवाजे से अंदर जाना पड़ता है यह किले का मुख्य दरवाजा है ये एक ऐसा किला है जिसे सीधे सीधे युद्ध में कोई नहीं जीत पाया इसे जीता गया तो सिर्फ गद्दारी या फिर धोखाधड़ी से इस रहस्यमय किले को लड़ाई से क्यों नहीं जीता गया इसे जानने के के लिए वीडियो वीडियो अंत तक बने रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें करें। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर मुख्य दरवाजे से अंदर आते ही यहां पर उस जमाने में उपयोग में आने वाले कुछ तोपें प्रदर्शन में रखी है आज ये तोपें जहां रखी है शायद उस जमाने में पहरा देने वाले सैनिक रहा करते होंगे या फिर राजा और सरदारों को मिलने आने वाले लोगों को रुकने का प्रबंध भी यहाँ किया जाता होगा किले के दूसरे दरवाजे पर हाथी का सुंदर शिल्प है लगभग 900 सालों से ये दीवारें खड़ी है अचरज की बात है कि किले के लकड़ी के दरवाजे आज भी साबुत हैं। इस दरवाजे से अंदर आने पर आपको लगता है कि आप किले में पहुंच ही गए है लेकिन सामने और एक दरवाजा है आपकी नजर एक बड़े मीनार पर पड़ती है बाई ओर हिंदू मंदिर दिखाई देंगे और बाई ओर कुछ मजारे बनी है भारत में दिल्ली के कुतुब मीनार के बाद यह सबसे बड़ा मीनार है सन 1445 में जब अलउीन बहामनी के पास यह किला आया तब उसकी याद में जीत की याद में कुतुब बिनार के जैसा दिखने वाला यह चांद मीनार यहां पे बनाया गया यह तीन मंजिला इमारत है जिसमें 230 सीढ़ियां हैं। इसकी ऊंचाई लगभग 210 सौ फीट है बाई ओर भारत माता मंदिर है असल में यह एक पुरातन मंदिर है मंदिर की बाजों के स्तंभों से हमें पता चलता है कि यहां पर छत हुआ करती होगी यहां पर कला और संगीत की सभाओं का आयोजन हुआ करता होगा मंदिर की रचना से पता चलता है कि यह मंदिर यादवकालीन है। शायद इस मंदिर की असल कालीन को यहां से हटा दिया गया था भारत स्वतंत्र होने के बाद भारत माता की मूर्ति की यहाँ स्थापना की गई ये किला महाराष्ट्र के सात अचरजों में से एक है मंदिर के बाहर बहुत ही बड़ा पानी का कुंड है जो अभी सूखा है चलो वापस किले की ओर चलते हैं यह किला तीन स्तर वाली चार दीवारी से घेरा गया है जिसे कोट कहते हैं इसके नाम है अंबेलकोट महाकोट और कालाकोट कालाकोट तटबंदी के बाहर एक और पुरातन मंदिर है इस मंदिर में अब कोई भगवान की मूर्त नहीं है इवगिरी साहित्य और कला विश्व में इतनी ऊंचाई पर पहुंचा था कि जितनी आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते यहां पर एक संगीत राग का निर्माण किया गया जिसे देवगिरी बिलावल नाम से भी जाना जाता है काला को दीवार के दरवाजे से अंदर जाते ही दूसरा दरवाजा दिखाई देता है घुमावदार रास्ते शत्रुओं की चाल धीमे कर देती थी यहां पर शायद सैनिकों की चौकी हुआ करती थी। सन 1326 में दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी पर लाई थी और देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद कर दिया था लेकिन उसकी यह कोशिश असफल रही और उसे अपनी राजधानी वापस दिल्ली ले, ले जानी पड़ी थी सामने जो महल है उसे चीनी महल कहा जाता है ये असल में महल का अंदरूनी हिस्सा है जिसकी छत पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है यहां से अंदर जाने पर भी एक वास्तु थी जिसका छत भी नष्ट हो चुका है इस बुर्स पर एक तोप रखी हुई है जिसका नाम मेंडा तोप है। मेंढा से बनी इस तोप का एक भाग भेड़ के मुंह के आकार में बना है इस तोप पर लिखा हुआ है किला शिकन तोप, यानी किला उद्वस्त करने वाली तोप यहां से पूरे किले का सुंदर नजारा दिखाई देता है अब हम मुख्य किले पर जा रहे हैं यहाँ पर 70 फीट चौड़ी और 80 फीट गहरी खाई है। आज इस पर लकड़ी और लोहे से बना पुल है लेकिन उस जमाने में चमड़े का पुल हुआ करता था शत्रु के आते ही इसे खींच लिया जाता था नीचे खाई में मगरमच्छ हुआ करते थे इतनी सारी मुश्किलें पार करके भी शत्रु आगे आए तो भी उसे घुमावदार और संकरे रास्तों से आगे गुजरना पड़ता था यहां पर भी अंधेरा होता होगा अभी छत मौजूद नहीं है सामने दिखाई देना वाला तंग दरवाजा अंदर जाने का एकमेवा रास्ता है आगे दिखाई देने वाली रोशनी पहले नहीं हुआ करती थी तब यहां से पूरी तरह से अंधेरा हुआ करता था यह किले पर जाने के लिए एक संकरा रास्ता था जहा पर शत्रुओ को झुककर जाना पड़ता था जैसे ही शत्रु सर बाहर निकाले, उसे कलम कर दिया दिया जाता जाता था, था। और धड़ को खींच के बगल की खाई में फेंक यहाँ पर पुरातत्व विभाग ने बगल से सीढ़िया बनाई है जिसके उपयोग से आप इस भूलबुल में बिना गए सीधे ऊपर पहुंच सकते हैं इसमें छत हुआ करती थी और जब हम अंधेरी गुफा से आए तो ये पूरा पत्थरों से कवर था यानी अंधेरी गुफा हुआ करती थी। से भुल की शुरुआत होती है रोशनी का एक ही दरिया था और यहाँ पे तो उनको दो दरवाजे दिखते हैं जब तक ये सोचें कि इस दरवाजे से जाओ या फिर उस तब तक ऊपर से गर्म तेल या फिर पानी उनपे डाल दिया जाता था दिन में भी यहां पूरी तरह से अंधेरा रहता है इसी तरह से शत्रु इस अंधेरी सुरंग में ही भटक जाता है यह झोपी के लिए यहां बनाया बनाया गया गया था। जो ये और और एक हवा की के लिए है। भारत सरकार ने बनाया हुआ हुआ है अभी, लेकिन तब तब पे अंधेरा करता था। पर और... पर शत्रु आने पर उसे दो रास्ते रास्ते रास्ते दिखाई देते थे। थे आधे सैनिक एक से से। जाते थे और बाकी के दूसरे रास्ते से। दोनों रास्ते घूमकर एक ही जगह आते थे और एक ही सेना के सैनिक एक दूसरे को शत्रु समझकर आपस में लड़ते थे इस भुल में एक असली रास्ता हुआ करता था ऊपर जाने के लिए ऊपर जलाई जाती थी के कारण धुआं से ठंडी थी इस झरोखे में से तो नीचे सीधे जाके वो गिरता था डेढ़ सौ फीट खाई में जहां पे मगरमच्छ उसका इंतजार करते थे आगे का रास्ता पहाड़ को खोद कर बनाया गया था उस पर यह लोहे की स्लाइडिंग प्लेट रखी हुई है संकट समय पर इसे बंद कर दिया जाता था आप सोच में पड़ते हैं इतनी सारी मुश्किलें बार कर कोई कैसे यहां तक जीवित पहुंचेगा अब बारी आती है सीढ़िया चढ़ने की थोड़ा ऊपर जाने पर दरवाजे के अवशेष है यहां पर भी एक महल जैसी इमारत हुआ करती होगी बगल में ही श्री गणेश जी का मंदिर है अगर आपका फिटनेस कम है तो सीढ़िया चढ़ते हुए सावधानी जरूर बरतें। और रुक रुक कर सीढ़िया चढ़े। कु कुछ लोग ऐतिहासिक स्थलों पर अपना नाम लिखने की छिछोरी हरकतों से बाज नहीं आते कृपया आप ऐसी हरकत ना करें और ना किसी को करने दें। सामने अष्टकोनी बारादरी महल है इस महल का निर्माण और उपयोग मुगलों द्वारा किया जाता था मुगल राज्यकर्ता यहां पर गर्मियों में वक्त बिताने के लिए आते थे यहां पर रहने की सुविधा के साथ साथ सभागृह मनोरंजन और स्नान गृह भी हुआ करता था इस विशाल धनुषाकार खिड़कियों के सामने का दृश्य सुंदर दिखाई देता है जमीन पर बना हुआ किले का एक दरवाजा इस किले की दीवार 8 किलोमीटर लंबी है आगे विशाल बुर्ज के नीचे एक गुफा है जिसमें पानी संचय करने की व्यवस्था है यहां पर जनार्दन स्वामी की खड़ाऊ रखी गई है आगे जाते ही बाई और काला पहाड़ नामक तोप है बुफा से सौ सीढ़िया चढ़ने के बाद हम किले की सबसे ऊंची स्थान पर आते हैं यहां से किले का पूरा घेरा और दीवारें दिखाई देती हैं। सामने पार्किंग में हमारी कार भी दिखाई दे रही है यहां पर भी एक तोप है जिसकी लंबाई 20 फीट है इस तोप का नाम दुर्गा या धूलधान यानी कि सब कुछ मिटा देने वाली तोप है तो दोस्तों आज हमने देखा मध्य युग का सबसे महत्वपूर्ण किला जिसे जीतना कई राजा महाराजाओं की इच्छा थी वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें और आप किस किस किले को देखना पसंद करेंगे यह भी कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अरविंद चौहान और मैं जयंत आप सभी से विदा चाहते हैं फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ जय महाराष्ट्र